नेटवर्क में तो जी ने बताया कि भोजन भोजन हम तो बहुत ज्यादा ले रहे लेकिन एक्सरसाइज लोग ट्रेनिंग जी, मेरा है इस से कि मैं और मेरे नीचे जितने भी लीडर है एक एक लीडरों की तरफ से कमिटमेंट करता हूँ कि हर लीडरली पर गुर्जी के में कमिट करूं तो 33 लीटर बैठे हैं और मैं कमिटमेंट करता हूं कि इस भी की जो के नीचे तीन, मैं क्लोज मुझे लगता है जो लोगों ने मुठ्ठी फाद ली है खून पसीना पाने को तैयार हूँ लेकिन इकतीस तारीख से पहले कम से कम